इसका बढ़िया ही बढ़िया ही होने चाहिए तो अभी बैकग्राउंड में इतना ज्यादा नरा कि है कुछ पता नहीं सकता और अभी देख रहे हैं यहाँ से पूरा लुक कैसा है और पापा के अभी ऑफ़िस जा रहे हो ये बैग है बैग में बहुत सारी फाइल्स है वो भी लेके जाना है तो अभी कुछ प्रोसेस पता यह पे ये देखो बताता हूँ ये सब यहाँ पर मतलब अभी कैसा मैं नया हूँ यहाँ पर क्या हुआ पपा का यहाँ पर रोहित शादी तो ऑफ़िस में जाना था तो यहाँ पर कोई भी

इंसान अंदर जा, आता जाता है तो उसका पहले गेट पे साइन होता है और उसको एक पर्ची देते हैं वो पर्ची अगर एक मिनट तो अगर वो पर्ची उसके पास रहती है तो वो अंदर जा सकता है तो अगर तो नहीं रहती तो नहीं जा सकता तो यहाँ पे बहुत अंधेरा है तो बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि अभी पूरा लिफ्ट बंद है ना इधर पर आज के साथ संपीती है तो यहाँ पर बन गया तो आज मिल सर थक गया बहुत ज़्यादा तो सब तो फटाफट तो से ऊपर और उसके बाद आपसे मिलते अभी शायद में थर्टी

सर थर्टी थर्टी फ्लोर पे जाऊंगा उसके बाद आपसे मिलता हूँ तो चलते हैं ऊपर जब भी ऑफिस में बैठा हूँ बोलना पड़ता है ओके तो इधर ऑफिस में पीछे देख लूँ पूरा, पूरा, पूरा, पूरा, पूरा बहुत गर्म लगा था थोड़ा सा चालू किया और यहाँ पे बैठा हूँ रात पे पूरा बैकग्राउंड दिखा तो पूरा तो प्रोजेक्ट